तुरज पागल भइ सुरना ड घरिया होकर मुन की नारी की भैनी तुरज पागल भले सुधना डरिया हो मुन की नारी की भैनी आधी रात को पैदल तुलसी चल दिए ससुराल में आधी रात को पैदल तुलसी चल दिए ससुराल में उस समय पत्नी उनकी रत्ना अपने मैकी गई हुई थी तुलसी आधी रात को उठे उसी समय पैदल ही चल देते हैं आधी रात को पैदल चुनती चल दिए ससुराल में आधी रात को पैदल सुनती चल दिए ससुराल में पहुंचे हैं गंगा किनरिया होकर मुल की नारी की बहनी तुरकी पागल भय सुनंदरिया होकर मुल की नारी की बहन तुलसीदा दादी आधी रात को ससुराल जाने के लिए पहुंच के नदी के किनारे अब वहां कहते हैं देखते हैं नदी बह रही है इसे पार कैसे करें एक मुर्दा बैठे हुए आ रहा था तुलसीदास जी लकड़ी समझ के इतने मतान हो गए थे मुर्दा को लकड़ी समझ बैठे गंगा पार करें कैसे लगे सोच विचार में गंगा पार करें हम कैसे सोच विचार में कैसे मैं यहाँ से जाऊं अपने ससुराल में कैसे मैं यहाँ से जाऊं अपने ससुराल में और तुलसीदा जी सोच विचार में पड़े हैं कि हम कैसे यहाँ से पार करें तब तक कि मुर्दा बहते आ रहा था उसे को पकड़ के लकड़ी समझ के आ तुलसी मुर्दा को समझे लकड़िया हो तुलसी मुर्दा को समझे है लकड़िया हो मुन को नारी की पी भे पागल सुधे भये सुनना डर मुन की नारी की भे गंगा पार कर तुलसी पहुँचे जब ससुराल में गंगा पार करके तुलसी पहुँचे जब ससुराल में रिम ही बारिश भरते कोई नदी दिखे ससुराल में रिमझिम बारिश भरते कोई नदी दिखे ससुराल में तुलसीदा जी जब घर के पास पहुँचे अपने ससुराल में बारिश हो रही थी उस समय सब लोग सोए थे रात का समय था एक सर्प लटक रहा था घर में तो सर्प को पकड़ के आंगन में पहुंच गए तुलसी सापे को समझे। तुलसी साझे रसरिया हो होने की नारी की भे आगल सुने ना की की नारी की जाके आंगन में आवाज दे रहे है रत्ना रत्ना अपने पत्नी को आवाज दे रहे हैं पत्नी निकली रत्ना जब देखी इनको तो आश्चर्यचकित हो गई आ वहाँ निकल के बोली कि आप इतने आसक्त हो गए हो हमारे पे इतनी आसक्ति अगर भगवान से कर लेते तो आपका बेड़ा पार हो जाता वहीं से उल्टे पाँव घूम गए वहां से तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट में हरे चित्र के घाट पे संतान की भीड़ तुलसीदास चंदन लग रामे रगे तुलसी पागल भइ सुनना डगरिया होकर मुन की नारी की भैन तुलसी पागल भइ सुनना डगरिया हो के नारी भ पागल भय भैया नगरिया हो गलिया तो के नारिकी